हेलो गाइस कैसे हो आप आशा करता हूँ आप सब ठीक हो तो गाइस मैं आपका प्यारा डी जे सू महाकाल गाँव भैंसा तहसील महान जिला मेड से आज मैं फिर एक एफिल्म सेटिंग लेकर आज को। सेटिंग आ, का एफिल्म सेटिंग बहुत गजब है कमरियाल लचकेरे बाबूचरा बचकेर मेला फिल्म का बहुत अच्छा सॉन्ग्स है और बहुत अच्छा जिससे रिमिक्स किया है मैंने तो सस्ते नशे करना बंद करे और शुरू करते बिना किसी बक्शों दिखे वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूर सूचना अपने गान पे ईयरफोन फोन नमक का यंत्र लगा ले वर मम्मी पापा सूचता तो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं होगी तो चलते गए इसमें एफ एल स्टोर के पास एफएल एल स्टोर के पास चलने से पहले इसमें फोर या फाइव स्टेप का पासवर्ड जो मैं आपको बोल के बता दूंगा तो पहले गाने को पूरा सुन लीजिए और बाद में मुझे बताइए गाना आपको कैसे लगा चलते गए गा इस गाने को स्टार्ट कर लेते हैं गाने जो बी पी ए में एक सत्तर है मैंने इसे बढ़ा दी क्योंकि मेरे पास स्टैक ना है और गाना बहुत ही मजेदार है आपको बहुत मजा आएगा गाने में ठीक है तो चलिए गाने को स्टार्ट कर लेते हैं आप सुन रहे हैं डीजे डीजे सानू इश गाड़ी को रोकना पड़ रहा है मैं बता थोड़ी सी आवाज़ आएगी तो उसे भी आपको इग्नोर कर देना है ठीक है मेरे तो पता ही है कि मेरे पास में पड़ोसी रहते हैं वो ज़्यादा रुक के मचाते रहते हैं तो आपको इग्नोर कर देना और मेरी वीडियो पे ही ध्यान देना आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है चलते राइ तहसील मवाना तो गाइस आपको गाना कैसा लगा गाना कुछ मैंने काट काट के बनाई ये देखे गाइस इसकी बीट नहीं मैच खोलती देखे कितना मैंने काटा है इसे और जब जाके मैच हुआ है गाइस और तो गाइस इसके पैटर्न जरा सुन लीजिए हार्ड के गाइप में फिर टेट है, ये भी है। डरम है ये भी स्लो डरम है यह बेस है टोम यह बेस है ये भी है गाइस और ये ड्रामे स्लो आ, सिक आ, वन जीरो वाला है ये भी बेसलाइन है ये पानी लूप है ये हीटेट है ये भी हिटेट है और ये भी हिटेट है ये क्लैपिंग है ये घंटी है ये बेसलाइन है ये हिटेट है ये बोकल है इसी जी है चलेगा इस और का इसे सुन लीजिए मैंने कुछ टोपोई टाइप में बनाया है पैटर्न ये सारा मैंने टोपोई टाइप में बनाया है दो हिटेट मैंने ये ऐसी लगाई है वन स्टेप में और फिर देखिए देखिए कितना मैंने छोड़ रखा है कैप इसमें तीन और तीन छः तीन तेरह नौ नौ काले वाले को छोड़ के ये रख रखा का सफेद में और एक सफेद में ठीक है आपको आपने देख लिया होगा पूरा पैटर्न ऐसे ही है बस ये चेंजिंग है ठीक है काश ये वाला चेंजिंग है और ये वाले डरम दोनों डरम में ये दोनों चेंजिंग करके और ये वाली चेंजिंग हिटेट डबल लगा रखी है और ये वाली जो है ये सारा पैटर्न वही है बस मैंने इसमें जली मर चेंजिंग कर रखी है तो काइस गाना बहुत अच्छा बना है काइस और को बहुत ही टाइम लगा करने में ये देखिए कितना सैम्पल मैंने लगाया है और नीचे की सुन सकती है टोम है ये मैंने प्यारे रोड पर बनाई है इस okay ये सिर्फ पैटर्न के साथ ही बसता है और काश ये देखिए सुन लीजिए इसे भी इन तीनों को सुन लीजिए एक गैद देखेगा कितना मस्त बना है ये गाना ठीक है इसकी मास्टर देख लीजिए इस वाओ क्या टॉप बनी है और इसकी जो ये लुप है हमारी जो नाम के लुप है दो लुप ये लगा रखी है मैंने इसे सुन सुन लीजिए आप रहे डीजे डीजे तो बहुत थी मस्त से बनवाई एक लड़की से और कई चढ़ाई ये भी सुन लीजिए और मैंने कोई भी वो कल नहीं लगाई है गाइस ऐसी वो स्टैग बनाने के लिए आपको सिर्फ मुझे कॉल करनी पड़ेगी और मैं बनवा दूंगा गाइस ठीक है आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी और जितने कमेंट करोगे उतने जल्दी मैं आपको प्यार दूंगा कमेंट के द्वारा मैंने एक गाना कल बनाया था आज मैंने दे दिया है ठीक है गाइज ये सुबह तक आ जाएगा एडिटिंग होने वाली है इसकी कल सुबह ही होगी ठीक है गाइज वो लाइक करे तोड़ दिए लाइक के बटन को लाइक कर दीजिए तेसमस कर दिए लाइक के मशीन को सिस्टम को लाइक को सबको तेसमस कर दीजिए और कमेंट के जो जितना भी सिस्टम है सबको हैक कर हैक कर दीजिए टेस्महस कर दीजिए इतनी कमेंट कीजिए और चैनल पे जो नए हो मैं तो कहूंगा नहीं कह इस चैनल को सब्सक्राइब करें आपको अगर पसंद आया चैनल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो जो लाल बटन है उस पर सस्ते नशे करें या उसे नशा करवाए मुझे नहीं पता क्लिक हो जाए और जो बैरिंग जो है उसे भी गूगल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए कि हमारी आने वाली सबसे या पुरानी या नई वीडियोस सबसे पहले आप जैसे हमें बुरा लगता है गाइज जब आप पे नोटिफिकेशन नहीं जाती है ठीक है गाइस और गाइस इसका जो पासवर्ड है इसका पासवर्ड है थ्री डबल फोर जीरो थ्री डबल फोर जीरो और बहुत ही धांसु बनाई है मैंने जल्दी से डाउनलोड करके अपनी चैनल पर अपलोड कर दीजिए और बहुत जल्दी व्यूज मिलने इस्टार्ट हो जाएगा गाइस और हाँ गाइस आज मैं किसी की चलिए बाई बाय बाय गाइज़ बाय बाय आई लव यू गाइज़ और मैं कहने वाला था कि मैं कल को एक एक्टिंग करूँगा वो आपको मैं दिखा दूँगा ठीक है बाई सब्सक्राइब करो यार वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ लड़ाई करो या फिर चुकाई मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं यार